के थ्रू अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे डॉट जी ओवी डॉट इन फॉरवर्ड एफ तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा यहाँ पर आप पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे इसके बाद यहां पर आपको ये कैप्चा फिल कर देना है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहां फेस ऑथ पर क्लिक करना होगा आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे आपका जो फेस है वो क्लियर शो होना चाहिए उस पर करेक्ट लाइटिंग होनी चाहिए और आपको अपने ब्राउजर को परमिशन देनी होगी कैमरा एक्सेस करने की आप यहाँ ओके okay पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप अपने ब्राउजर को परमिशन देंगे कैमरा एक्सेस करने की अलाव पर क्लिक करेंगे कैप्चर हो गया है इसके बाद यहाँ पर एक सर्वे आ जाएगा आप यहाँ इसको यस yes कर दीजिए यहाँ पर ये यह वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए और इसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड यहाँ आरोप डाउनलोड हो जाएगा देखिए हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है और ये पासवर्ड मांग रहा है क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा